कहते हैं जब दवा भी असर करना बंद कर देती है तब दुआ काम आती है ऐसा ही एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है डिंडोरी से जहां बीमार टीचर के स्वास्थ्य के लिए स्कूल के बच्चे रोज प्रार्थना करते हैं और टीचर की बेहतरी के लिए कामना करते हैं डिंडोरी में मेहदवानी मॉडल स्कूल के छात्रों का रोज अपने टीचर के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए प्रार्थना करना इन दिनों इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है दरअसल मॉडल स्कूल के हिंदी टीचर संजय कुमार की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वे चंद दिनों के ही मेहमान हैं। वहीं अपने चाहते टीचर की बीमारी की जानकारी लगते ही स्कूली छात्र छात्राएं बेहद भावुक और मायूस हैं। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और वे अपने टीचर के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए रोज स्कूल में प्रार्थना करते हैं उन्हें यकीन है की एक दिन उनके टीचर बिल्कुल स्वस्थ होंगे स्कूली छात्रों का लगाव और प्रेम देखकर टीचर संजय भी काफी भावुक है और उनके मन में भी विश्वास बढ़ गया है कि दवा से न सही छात्रों की दुआएं जरूर असर करेंगी छात्रों के साथ स्कूल का पूरा स्टाफ भी हिंदी टीचर के लिए रोज प्रार्थना में शामिल होता है और स्कूली छात्रों का प्रेम देखकर टीचर आराम करने की बजाय रोज स्कूल आते हैं सर हमें इस दिन के तो पहले बहुत दुख हुआ था कि हमारे सर जो हमें इतने मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है हमें उनके साथ पढ़ते बट फिर भी मैं वो इतने अच्छे हैं कि हमें, हमें हमारी जो हमारी प्रॉब्लम होती है अगर हमें कुछ हमारे पास नहीं है जूते वगैरह राशन स्कूल में कई बच्चों के पास बैल बैल काई वगैरह नहीं थे उनको बताने पर उन, सर लोगों ने हमारी प्रॉब्लम को मतलब सल्यूशन किया उन लोगों ने हमें दिया और वो इतने अच्छे हैं सर कि जितना बोले उनके लिए उतना कम है उनकी तबीयत भी इतनी ख़राब है फिर भी वो हमें पढ़ाने के लिए इस्कूल आते हैं हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं सर जब हमारी क्लास टीचर ने बताया कि हिंदी वाले सर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो हमें बहुत बुरा लगा और हमारी क्लास टीचर ने कहा कि दवा दवा अगर काम ना करे तो कभी दुआ भी काम कर जाती है तो सर ने कहा सरस्वती वंदना के बाद हम सर के लिए एक दो मिनट के लिए मन रहकर प्रेयर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए जबलपुर गया तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया उन्होंने कहा कि जबलपुर में मुझसे ही नहीं किसी भी डॉक्टर से दिखवा लो आपका इलाज असंभव है आपने बहुत समय कर दिया है आयुर्वेदिक इलाज संभव रह करके जब मुझे जानकारी लगी तो मैं चंडीगढ़ गया गया। 10-15 दिन करीब मैं एडमिट रहा चंडीगढ़ में अभी मेरा इलाज चंडीगढ़ में चल रहा है दोनों किडनी में प्रॉब्लम है दोनों किडनी डैमेज हो रही हैं बीपी पी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से दोनों किडनियाँ डैमेज हो रही हैं तो इलाज चल रहा है मेरा आयुर्वेद का भी चंडीगढ़ में जब मैं चंडीगढ़ में एडमिट था तभी मेरे साथ ही श्री रतन सिंह दुर्गे सर ने कुछ वीडियो फ़ोटोज़ भेजे थे कि सर बारहवीं क्लास के बच्चे आपके लिए दुआ कर रहे हैं तो मैं सर हॉस्पिटल में एडमिट था चंडीगढ़ में लेकिन वो वीडियो फ़ोटोज़ देख कर मैं भावुक हो गया था और वो वीडियो फ़ोटोज़ देखने के बाद मुझे लगा कि मैं जल्दी से जल्दी मुझे ठीक होकर वापस मुझे अपने बच्चों के पास में जाना है तो आज इन बच्चों की दुआ ही है